जबलपुर में फेल होने पर दसवीं की छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया नमस्कार मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज माध्यमिक परिषद बोर्ड भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट के बाद से जबलपुर में दो सन कर देने वाली वारदात सामने आई है माढ़ोताल में दसवीं की छात्रा ने फेल होने आरोप खुद के ऊपर मिट्टी का तेल लगा आग लगा ली मेडिकल में उसकी मौत हो गयी इससे पहले बारहवीं की सत्रह वर्षीय छात्रा ने उन्नीस ऐसी कम मार्क्स आने पर फंदे ऐसी झूल जान देने की कोशिश की थी बारहवीं में उसके अस्सी प्रतिशत हैं माढ़ो टीआई रीना पांडे के मुताबिक सूखा निवासी 16 वर्षीय शिवानी अहिरवार को 30 अप्रैल को झुलसने के चलते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। शिवानी के आखिरी बयान नहीं हो पाए प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने बताया की वह दसवीं की छात्रा थी फेल होने आरोप वह तनाव में आ गयी थी शनिवार को वह गुमसुम कमरे में अकेली बैठी थी घर के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थी तभी अचानक शिवानी की चीख ऐसी परिजन चौंक गए दौड़ कर तो वह आग की लपेटों में घिरी हुई थी परिजनों ने बोरे और कपड़े आदि डालकर किसी तरह आग बुझाया उसे तुरंत लेकर मेडिकल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पंचानवे प्रतिशत ऐसी अधिक झुलसना बताया इलाज के दौरान थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। मारोताल पुलिस ने रविवार को पीएम के बाद सब परिजनों के सुपुर्द करते हुए प्रकरण को जाँच में लिया है ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज